कैसे रोग माया के लगाए संग और बिना जिया जाए ना कैसे रोग माया के लगाए संग और बिना रहे जाए ना और बिना जिया ना और बिना रह जाए